यस yes, सर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिए प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पास की है उसके तो बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दो हजार उन्नीस में किया है उसके बाद सर फिर उसके बाद फिर सर, सर मैं सिविल सेवा की तैयारी में जुटाऊंगा आपका ऑप्शन क्या रहा है बीपीएससी में मेरा पोलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल और वो भी क्या रही है आपकी क्रिकेट चलिए आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन रहा है ना एक न्यू पुलवर शुरू हो रहा है आप ऐसा मानते हैं सर ऐसा अभी ऐसा लग रहा है लेकिन सर इसके सर, सर हम लोग जैसे कि पिछले वर्ल्ड वर्ल्ड और के तो देख चुके हैं तो इसमें वर्ल्ड खें तो तो तो वर्ल वार थ्री की तरफ ना जाएगा विशाल तो मैंने वर्ल्ड वॉर की बात नहीं की मैंने कोल्ड वॉर की बात की ओके सर अगर कोल्ड वॉर क्या वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाता है नो सर कोल्ड वॉर में सर डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है बीच में ये आफ्टर वर्ल्ड वारैसे की सर रसिया और यूएसए के बीच में सर कोल्ड वार चलाते एक निश्चित समय तक के लिए एक सर पर्टिकुलर एक लिमिट तक करिए सही है कहीं कहीं ना कहीं सर एक मार्केट में कंपटीशन बनना रहता है तो सर ये सही भी है लेकिन सर एक पॉइंट करते सा, सा। सर, सर हैं सर तो फिर उसमें जैसा की सर जैसे नाटो बना था और उसके सर बाद वाटो पैक हुआ था तो उसमें सर अभी घोषणा की है अमेरिका ने इनडायरेक्टली ग्लोबल नाटो के बारे में कि हम ग्लोबल नाटो बनाएंगे कुछ सुना है इसके बारे में? तो चाइना ने भी कुछ बोला है कुछ ग्लोबल बनाने के लिए कुछ सुना है चाइना के बारे में नहीं सुना है मार्ग को पढ़ा है आपने डेमोक्रेसी पड़ी है मैकफर्सन के विचार बताइए मार्क्सवाद पढ़ा है, और माकस्वाद। माकस्वाद है। के विचार क्या थे ओके पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है आपने, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा पोलिटी पढ़ा होगा हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीज़न ऑफ पावर यहां सर यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर कह सकते हैं सर exactly नहीं हमारे यहाँ सर तीनों का बैलेंसिंग ऑफ पावर भी है कैसा है, सकते हैं And balance। जैसे सर सेपरेशन ऑफ पावर सर executive और judiciary का सर कम्प्लीटली सर जुडिशरी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और सर लेजि ले आप कह रहे हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी इंडिपेंडेंट है है ये ये कह रहे हैं किस आर्टिकल आर्टिकल में बात एक्टिविज्म को और को ओवररीच आप कैसे देखते हैं सर जुडिशियल एक्टिविज्म सर सर डेमोक्रेसी के लिए सही है लेकिन सर वही सर जब जुडिशियल जुडिशियल एक्टिविज्म जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब इंटरफेरेंस तो ऑफ सर, सर और तो जुडिशियर मुझे जुडिशियल एक्टिविटीज्म की बात है और ये जुडिशियल ओवर रीच की बात है सर जैसा सर एनजीसीट जब आया था सर तो उसमें सर ये सर वो सर, सर जैसे एन का सर संगठन जो किया गया एनएचआरसी को बनाया गया सर वो जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है सर और ओवर का ओवर रिच का सर सर विधान जुडिशियल एक्टिविटीज और जुडिशियल ओवर रीच क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर को वर्स नहीं कर रहे हैं है, तो है उस काम के लिए करने के लिए मैं भी पूछ रहा हूँ विशाल मैं इसका आगे भी जुडिशियल एक्टिविटीज एंड ओवर रीच ये दोनों जो है क्या सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं कर कर कर रहे? यस और नो सर सर सर सर सर एक्टिविज्म रहा रहा है सर लेकिन सर कर रहा है लेकिन okay, ओके बहुत बढ़िया आपने कहा सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशियल एग्जीक्यूटिव बोर्डी का तो आपने बता दिया लेजिस्लेटर का बता दें तो मैं ही पर अपनी बात खत्म करूजिस्लेटर ने जैसे सर ये एनजीएफसी एक्ट जो लाया था सर जिसको सर पलियम से सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दी थी को चलिए अभी आपसे हमारे जो हमारी मनीष सर वो आपसे बात करें थैंक यू सर विशाल हम बातचीत शुरू करते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरा पहला रिक्वेस्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे ये है मुझे ये बताएं कि आप यूक्रेन और रशिया तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं मुझे अपने अनुभव और ज्ञान के आधार में बताइए कि ये वॉर और कितने दिन चलेगा सर सर ये तो सर अभी क्रिडिक्ट अभी सर क्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है तो फिर कैसे आप आप राजनीति राजनीति विज्ञान विज्ञान और नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम कि आप के आप तो राजनीति सफल होंगे और हमारे राज्य का कल्याण कर करवाए चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ अभी नाटकों के नए मेंबर के रूप में फिल्मिंग ने कहा कि हमें भी सदस्यता लेनी घोषित कर दिया ना तो दोबारा आपको तो, हम दोबारा आपको यही सवाल पूछेंगे कि क्या रशिया फिनलैंड पर आक्रमण कर देगा राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी करेगा या नहीं करेगा पहले सर अभी नहीं करना चाहिए नहीं करेगा नहीं चाहिए नहीं करेगा कि नहीं करेगा सर अभी नहीं करेगा नहीं करेगा तो क्या यूक्रेन के साथ लूडो खेल रहा है इतने दिनों से यही बात तो यूक्रेन यूक्रेन सर उसका और सर पह, पहले यूसर सर से पहले उसका पार्ट था और वहाँ पे कल्चरल टाइज वगैरह हैं बहुत है जैसे कल्चरल और सर लिंग्विस्टिक टाइज भी है और सर वहाँ पे यूक्रेन में कुछ रीजन में जो रशिया से लगे हुए हैं वहाँ पे सर कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो रशिया को सर रसिया प्रो रशियन है इस वजह से सर उसने वहाँ पे इन्वेट किया है और अभी तो सर और इसका सर पॉलिटिकल कुछ सर वहाँ पे सर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी है यूक्रेन में तो जो सर वो नाटो और उद्देश्य को नहीं देना चाह रहा है इस वजह से उसने, उसने, उसने। अच्छा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं प्रशासन की सुविधा को देखते हुए कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टेट का डिवीजन हो गया डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन हो गया तो आप इस पक्ष में हैं क्या कि डिवीजन करके एक बेहतर प्रशासन दिया जाएसा सर हमेशा से किया, किया जा रहा है अगर सर पॉपुलेशन पौप, पौप, वहां के सर पिपल ऐसा डिमांड करते हैं तो सर ऐसा करने से एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में आसानी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब विशाल जी का मानना है की अच्छी बात है यही ना जी, जी सर अब सिर्फ सर इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो तो सही है भारत में सर ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा तो इंटर स्टेट में तो बिहार में आवाज उठती रहती है कि हमें कर दो कभी मिथिला से आवाज आती है कभी पूर्वी बिहार से आ जाती है कभी पश्चिमी बिहार से आ जाती है तो क्या करें? बिहार के कितने टुकड़े करवाएंगे डिपार्टमेंट हो तो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो तो गुंजाइश बन सकती है भारत को छोड़ दिया मैंने केवल बिहार बिहार कितने टुकड़े करवा दे वो बताइए हम लोग पैनल के रूप में रिकमेंड करेंगे मुख्यमंत्री जी को नए प्रशासक डिजन नहीं, नहीं, नहीं कर पाएंगे नहीं सर बिहार का तो सर अभी नहीं करना चाहिए अच्छा चलिए ठीक है पॉलिटिकल साइंस में आपने राम राज्य की एक कल्पना का अगर दृश्य बनाना है बिहार में तो कैसे बनेगा बिहार में जनकपुर से रिश्ता जोड़ा जा रहा है रामायण सर्किट की बात कही जा रही है तो राम राज्य अगर हमको तो बना देना है बिहार राज्य को तो क्या क्या कर हैं सर इसको पहले सर गरीबी गरीबी हटानी पड़ेगी सर ऐसा कर सर ऊपर ले जाना पड़ेगा स्वास्थ्य स्वास्थ्य को सर स्वास्थ्य में सर अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे और सर स्किल डेवलपमेंट देना पड़ेगा जिससे सर वहाँ के लोग सर प्रॉपर कर सकें और सर यहीं रह काम रोजगार मिले तो सर स्किल सेंटर वगैरह सर खोला जाए तो ये जो चार पांच आपने सुझाव दिए हैं ये मेरे जीते भी जी हो पाएगा आप तो बहुत युवक हैं अभी जी, जी सर अभी सर सरकार इसके सर, सर कुछ इसके पक्ष इस है काम कर दिए जैसे सर आजीविका ने सर सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी योजना लाई है सरकार इन सब इन सब को पूरा करने के लिए क्या योजना पे काम कर रही है कौन सी योजना चलाये है नाम लीजिए सर जैसे सर आजीविका आजीविका मिशन है सर आजीविका मिशन की जीविका मिशन सर आजीविका कोई सर उसके अंदर जीविका मिशन सर हुआ है अच्छा इसका नेशनल लेवल पे क्या नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यस सर नेशनल रूरल लाइवलीहुड हाँ इसके अलावा और क्या है इसके अलावा सर सर इसके लिए सर कन्या उत्थान योजना भी लाई है कन्या उत्थान योजना प्रधान मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है ठीक अच्छा, है बहुत बढ़िया सर युवा उमी योजना है सर जिसमें सर 5 लाख का ग्रांट दिया जाएगा और 5 लाख का लोन सर दिया जाएगा अब आप मुझे ये बताइए कि अब बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के नाम मत लीजिए ठीक है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर के रूप में यदि बिहार में कोई उद्योग लगाना हो तो आप कौन सा उद्योग को वरीता देंगे टेक्सटाइल उद्योग को सर यहाँ लगाया जा सकता है किस जिले में पूर्णिया में पुर्निया सर एक टेक्सटाइल पार्क भी खोल रहा है सर पूर्णिया में तो एथेनॉल का प्लांट खोल दिया इन लोगों ने जी सर पूर्णिया में सर पूर्णिया में सर जूट की उत्पादकता भी ज्यादा है तो सर वहाँ पे टेक्सटाइल कुछ उद्योग नहीं लगवाएंगे जैसे कार बनवा दीजिए मोटर बाइक बनवा दीजिए यहाँ वाले भी तो कार चढ़ने लगे हैं इस तरह की है। लोहा का फैक्ट्री लगवा दें ऐसा वाला नहीं आपके पास अभी भी खेती बाड़ी नहीं रखेंगे लोगों को सर उससे सर पहले हमें कनेक्टिविटी देनी होगी रॉ मटेरियल लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हम लोग तैयार कर लें तो सर उससे रोड के नाम पे सर जहाँ सर रॉ मटेरियल अभी लाना जैसे सर अभी इंग्लैंड सार्वर टर्मिनल सर बनेगा यहाँ फकुआ में तो सर उसके बाद जाएगा सर लगता है चलिए आप थोड़ा लोकल बिहार की तरफ आते हैं मैडम शारदा सिन्हा जी का नाम सुने हैं क्या जी सर ये गायक शारदा है मैं क्या कुछ उपलब्धि भी प्राप्त किया इन्होंने राज्य से सर अभी सर जाने है में ये क्या गाती है पॉप गाती है क्या गाती है तो, लोकगीत भोजपुरी भोजपुरी में लोकगीत तो यहाँ गाती है अच्छा आपने एक नाम लिया भोजपुरी यहाँ कितनी बोलिया बोली जा रही है बिहार में सर ऐसे तो सर मधी है भोजपुरी है सर मिथिला में सर मैथली बोलते हैं और सर कहीं सर ऐसा लोकल डायलैक्ट सर ठेठी है ऐसा सब ठीक एक डायलैक्ट है अंगिका अंगिका ये कहाँ बोला जाता है बिहार के किस सेक्शन में नहीं याद आ रहा है चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप आपसे खेल कूद की तरफ बात करें आपका दिखे। तो मुझे बताइए कि लास्ट सिक्सटी ओवर का वनडे मैच हमने किस टीम के साथ खेला था पहले क्रिकेट मैच वन इवियन जो था वो साठ ओवर का हुआ करता था तो अंतिम आठ ओवर वाला मैच हमने किस टीम के साथ खेला सारी तो अच्छा कोई बात नहीं पहला पचास ओवर किसके साथ खेला ये हमारी टीम जो गई थी तिरासी का विश्व विश्व कप खेल के जीती है उसमें कौन कौन से बॉलर उतारे गए थे सर उसमें सर उसने सर महिंदर महिंदर अमरनाथ थे सर महेंद्र अमरनाथ बॉलिंग करने के लिए गए थे के केवल नहीं सर वो बैट्समैन थे लेकिन तो बॉलिंग भी कर देते अब वैसे तो वो भी कर लेते, वो बात अलग हो जाते वो लेते वो सब अलग बात है लेकिन खिलाड़ियों के दल में गेंदबाज कौन गए थे जिन्हें गेंदबाज का दर्जा दिया गया देवी ये बिशन सिंह बेदी आपके दोस्त हैं क्या नहीं कुछ उनके आगे पीछे लगा नहीं रहे मैंने सोचा आपके दोस्त को आप मिलते हैं उनसे इसलिए मैंने पूछ लिया और कोई खिलाड़ी अभी एक फिल्म आई थी एटी थ्री सर आपने उसको देखा सुना नहीं क्या नहीं कर अभी नहीं देखते कब देखेंगे जब बुड्ढे हो जाएंगे तब क्रिकेट आपका शौक है तिरासी विश्व कप पर खेल आया उसके बारे में गांव को बताने के लिए मीडिया जगत ने फिल्म भी दे दी तब भी आपने तो नहीं देखा क्या कारण है क्रिकेट का आप पसंद करते हैं फिर भी नहीं देख कारण दीजिए कारण देंगे चलिए अब अपना इंटरव्यू हम लोग आपस में बातचीत ओवर करते हैं और रिव्यू सेक्शन की तरफ चलते हैं देखते हैं आपको क्या रिव्यू मिलता है सर सर की तरफ से, देखो क्या है ना विशाल दो चीजें ध्यान रखना एक तो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आये हो क्या ये है। पहले कभी इंटरव्यू दिया एक ऑनलाइन इंटरव्यू जो है बेटा अच्छा। तो वो नॉलेज का टेस्टिंग नहीं होता कि पर्सनालिटी का टेस्टिंग होता है ठीक है हाँ ये अपेक्षा क्यों की जाती है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जैसे मैंने आपसे मार्ग के बारे में पूछा तो मार्ग जो है आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस में जब हम आई पढ़ते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट की बात वो करते हैं ये तो बेसिक तो था मैकफॉर्सन को मैं एक बार को मान सकता हूँ ठीक है, है भाई थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी थिंकर शायद ना बता पाए लेकिन मैकफर्सन ने जो डेमोक्रेसी में काम किया उसको इंडिया भी एक्सेप्ट करता है फिर मैंने आपसे ग्राम से बात करनी चाहिए तो ग्राम से को आपने मना कर दिया हर थिंकर जो ये मिनमिन जो आपके थिंकर है, इनको एक एक दो दो लाइन में जरूर तैयार कर लीजिए आप बोल सकते हैं से, से की उन्होंने प्राधान्य का सिद्धांत दिया क्या है प्राधान्य सिद्धांत सर वो मुझे याद नहीं आ रहा चल जाएगा लेकिन आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा एक एक दो दो लाइन सब थिंकर के बारे में लिख लीजिए ओके फिर आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर चेक एंड बैलेंस आप बोल सही रहे थे कुछ हद तक आगे। आगे। गए लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे okay. तो, तो ये नहीं होना चाहिए जहां तक आप बोल सकते हैं बोली जब आपको लगे की मैं शायद गलत दे सकता हूँ कुछ ऐसी बात हो रही है तो बोल दीजिए सर मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है सॉरी सर इस आगे नहीं बोल पाऊंगा वो सही था काफी हद तक आपका चेक एंड बैलेंस और सब मिस्टेक लेकिन चल जाएगा, कोई नहीं। के इसी अगर एक प्रशासनिक अधिकारी करंट अफेयर्स डेली नहीं पड़ता है न्यूज पेपर डेली नहीं पड़ता है वो उम्मीद की जाती है बात समझा जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी वो सुबह उठ के चाय के साथ अखबार जरूर देखता है वो अधिकारी नहीं है जो डेली की खबरों को ना देखे फिर वो कैसे प्रशासन चला पाएगा आप करंट की बातों को बता नहीं पा रहे हैं मैं नाटो पे आपसे बात कर रहा हूँ से से नहीं, नहीं, तो नहीं है ना ये तो पोलिटिकल साइंस का करंट था तो पोलिटिकल साइंस का बंदा तो ऐसी देखते ही पड़ता रहा यार कोल वाला नहीं ग्रुपिंग हो रही है ये थोड़ा सा अपेक्षा का है आपका इंटरव्यू 25 को है ना तो अभी समय है है ये दो दिन जो इसे नेपाल मोदी जी विजिट कर रहे हैं क्या होगा अखबार को पढ़िए और कुछ तो नहीं सीधा अखबार और अप्रभो ठीक है तो तो दूसरा एक चीज मैं सजेशन दूंगा नर्वसनेस को ठीक करने के लिए मीर के सामने बैठिए अपने आप से प्रश्न कीजिए उनके उत्तर दीजिए दो तो तीन दिन कीजिए इसको ठीक है और बाकी आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप एक वेल ड्रेसअप में आए हैं बस ये है कि आपने शेविंग वगैरह नहीं किया है तो ये आप अगली बार जब आप देने आएंगे तो उसी तरह से आइए जैसा आप इंड देने जाएंगे ठीक है ना हमें ज्यादा अच्छे से हम आपको जज कर पाएंगे और ये जरूर है कि आप शर्ट वगैरह पहन के प्रॉपर तरीके से आए हैं तो दिख रहा है कि आपके अंदर जॉब लेने की इच्छा है ये चीज आपका प्लस पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा इसी को देखिए थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखिए अंदर भले नर्वस हो लेकिन चेहरे पे स्माइल तो आपको चलिए बहुत शुभकामनाएं मनीष सर को सुनिएगा सर ये कोल्ड विशाल विशाली हम लोग पर्सनली बात कर लेंगे अभी आप मनीषर बिल्कुल विशाल थैंक यू बिनाल आपसे बातचीत करना बड़ा अच्छा रहा आप मौजुवक है और हमारी शुभकामनाएं हैं सबसे पहले कि आप यहाँ तक तपस्या करके आए और छा लगाएं बिल्कुल एकदम छक्का लगाए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा और गेंद को सदा हुआ प्रैक्टिस की तरह जो आपका कमी के रूप में शॉर्टकमिंग्स है जो वीकनेस हमते हैं वो ये मैं महसूस कर रहा हूँ की अपडेट्स फॉलो नहीं कर रहे अपने सब्जेक्ट के साथ आपने जैसे गंभीर विषय है पढ़ा है तो दूर दृष्टि भी होगी ना थोड़ी यूक्रेन वॉर खत्म होगा कि नहीं होगा रोज कि से फिर लड़ेंगे लड़ें आखिर आपने इसको प्रैक्टिस किया है पढ़ने के लिए तो राजनीति क्या कहता है ना कोई राय तो, तो होनी ही है अभी आपके दिमाग में नहीं गया था ये क्वेश्चन तो अब आ गया अब इसका उत्तर बोलिएगा है ना अब आपने स्टेट का डिविजन और डिस्ट्रिक्ट का डिविजन का एक अच्छा ही राय दिया अपनी तरफ से सोच विचार करके मैं लड़ते हैं नहीं आसान हो जाता है शासन करना प्रशासन चलाना तो फिर मेरी तरफ से फसाने वाली बात है कि नौकरी करवा दे तो ऐसे सवालों पे पॉलिटिकल साइंस का क्या अप्रोच है जो पढ़ा हुआ अप्रोच है उस अप्रोच के बेसिस पर जो हमारा एप्लाइड लाइफ होगा उसमें इसका आंसर को उपयोग करना होगा ठीक है ना अब ऐसे यही सवाल हिस्ट्री वाले से पूछे यही सवाल जोग्राफी वाले से पूछे तो उत्तर तो वो भी देंगे कुछ ना कुछ देंगे ना लेकिन पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज नहीं जो बाय डिफॉल्ट आपके पास है, क्योंकि आपने इस है। तो आपसे किया कराएगा, तो एक्सपर्ट तो एक्सपर्टर ये जानता है कि हाँ लड़के ने आपके पढ़े हुए विद्या को लागू करके बताया और जब भी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे ये लड़के तो इसी के आधार पर बोलेंगे जो स्टैटिस्टिकली मतलब हम सोचे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आप अपने पढ़े हुए का सेक्शन लागू करने की कोशिश की दो एक दिवसी जीत ली और एक बार ट्वेंटी ट्वेंटी जीत लिया अगर वो भी आप मेमोरी में, में नहीं रखेंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी ना ये और एटी थ्री पे इसलिए सवाल बन गया क्योंकि एटी थ्री पे फिल्म आ गई है तो तब भी आप नहीं बताएंगे तो आप ये भी नहीं आपके पास एक लॉजिक है आप दोस्तों में करेंगे ना आप इंटरव्यू तो ये भी आप कि गया। दो विश्व कप ट्वेंटी ट्वेंटी एटी थ्री की फिल्म भी आ गई है ना तो ये तो मेमोरी में आ जाएगा ना हमारे की हाँ कुछ चीजें हमें उत्तम देखनी है ठीक है तो थोड़ा अपने आप को बांधिए क्रिकेट में कहाँ पर ये कहा रहा दे दीजिए क्रिकेट <ukles> <दन से> <ukles> मेरा प्री है तो फिर तो मैं कुछ भी पूछ लू एंड्री साइमंड गए कार एक्सीडेंट में गुजर गए ना तो ऐसे डेट आपको देखने होंगे मोहन कैसे चले गए ये नाम बड़े बड़े नाम है कोई छोटे मोटे नाम नहीं है और वर्ल्ड नाम चलो सर अपनी पॉलिस में टूरिस्ट को बढ़ा लीजिए प्राइवेट सेक्शन में और क्रिकेट जो आपने बताया है, वो आप अभ्यास कर लें और बिहार राज्य का समाचार जब जिस दि, दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन भी जी भर के दो घंटे से ढाई घंटा पढ़ के करेंगे ठीक है बाकी हमारी बहुत सारी शुभकामना आप जल्दी ही सफल होंगे और हम फिर आपको मिठाई खिला लेंगे थैंक यू विशाल थैंक यू थैंक यू फॉर अब आज थैंक यूक यू सर अब अब आवाज कैंडिडेट नहीं ना हमारे पास नहीं सर अब अब पूरा हो गया सर चलिए फिर शुभ